सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए ऑल पे क्लिक करके तो सबसे पहले देखिए ये हमारा मटेरियल उठा हुआ है इतना इतना तो ठीक है जो भी मेटेरियल उठा हुआ है सबसे पहले इनको जीरो करना सिखाता हूँ ठीक है ये मटेरियल उठा हुआ है इसको जीरो करना सिखाता हूँ एक नंबर ये बटन दबाना है देखिए मैं जो दबा रहा हूँ उस ऐसे ही करना है आपको अगर नहीं भी पढ़ना आता है तो इससे देख के समझ सकते हैं सीख सकते हैं देखिए ऐसे ये, ये असी वाले बटन से डाउन होता है यहाँ पे रीसेट वेट लिखा है देख सकते हैं ठीक है इसके ओके करिए फिर से ओके करना है हो गया रिसेट देखिए ब्रेक आ जाइए देखिए जीरो हो गया आपको अभी सबसे पहले क्या करना है आपको देख आपको तो साइड पे कहा जाएगा कि पी का माल बनाना ठीक है आप क्या करोगे तो इससे पहले मैं दिखा देता हूँ वीडियो को तो रखते हो तो देखिए सबसे पहले एक नंबर बटन दबाना है नीचे आना है यहाँ पर स्लेट मिक्स ओके इस पर ओके करिए यहाँ पे देखिए एम ट्वेंटी एम ट्वेंटी फाइव एम थर्टी ये सब लिखा हुआ है और नीचे पीसीसी लिखा है मतलब एम पंद्रह पीसीसी सी लिखा है देख सकते हैं ठीक है ये एम पंद्रह मतलब ये रेसिपी कैसे ऐड करते हैं उस पर भी मैं वीडियो बनाया हूँ ऊपर आई बटन पे दे दूंगा जाके देख लेना ये वीडियो देखने के बाद तो सीख पाओगे आप कैसे रेसिपी सेट करते हैं एम ट्वेंटी का एम थर्टी का जो भी है पी का माल कैसे एड करते हैं ठीक है तो चलिए इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं ओके किसी तो सी का माल बनाना है तो इस पर ओके करिए सिलेक्ट हो जाएगा सिलेक्ट हो गया अभी जाना है सेटअप वॉलीम यहाँ पे यहाँ पे जाना है यहाँ पे ये सेटअप वॉलीम पे ये होता है आप कितना वॉलीम मतलब बनाना चाहते हैं कितना एमपीयू माल बनाना चाहते हैं जैसे कि आपको साइड पे कहा जाएगा कि साढ़े तीन एम का बनाओ चार एम का बनाओ ऐसे कहते हैं ना माल बनाने के लिए तो वही है सेलेक्ट बोल तो सबसे पहले देखिए हमको साढ़े तीन का मैं देखा देता हूँ आपको कैसे करना है यहाँ सॉरी एक बार सी वाला बटन है इसको दबाएंगे तो डिलीट हो जाएगा देखिए यहाँ एक लिखा था वो चला गया देखिए यहाँ तीन नंबर बटन दबाना है यहाँ पे देखिए तीन और ये पॉइंट पॉइंट देना है उसके बाद ये फाइव फाइव दवाना है साढ़े हो जाएगा ओके कर देना ओके दबा के ये ई बटन है इससे बाहर आ जाइए साढ़े तीन के हिसाब से पानी इतना और सीमेंट इतना कब्जी इतना और रेती इतना सब सिलेक्ट होके आ जाएगा जो भी आपने रेसिपी पे ऐड किए होंगे उसी हिसाब से मल्टीपल होके आ जाएगा आपको मैनअली टाइप करना नहीं पड़ेगा ठीक है आपको इसी हिसाब से आपको उठाना है फास्ट नंबर पे पानी है पानी पे क्या है दोस्तों देखिए मैं आपको देखा देता हूँ पानी पर आपने ला दिया ये ऊपर नीचे करके ठीक है मतलब जब भी खोलोगे तो, ये तो, ये खोलो के तो आ जाएगा इस पर देखिए सबसे पहले पानी पकड़ना है देखिए मैं पानी चालू करता हूँ ठीक है देखिए यहाँ यहाँ लीवर है ये वाला रेस्ट किया मैंने नहीं आ रहा है इसके लिए क्या करना है ये ओके दबाना है देखिए ओके दबा के देखिए पानी चालू हो जाएगा से ओके करोगे तो ये बंद हो जाएगा मतलब पॉइंट बताएगा नहीं ओके देना पड़ता है पानी पर रख कर बाकी किसी भी सीमेंट पे या कपच्ची पे रख के आपको ओके नहीं करना पड़ेगा बस आपको डाउन करते जाना है ठीक है डाउन करते जाना है जो भी उठाना है आपको मैं सब सेट किया तो इसलिए चा बीस एमएम चालीस एमएम सब वो भी ठीक है तो यही था वीडियो में सीखने के लिए कुछ मिला होगा ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना आज आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में